आपके अपने YouTube चैनल RJDG के क्लासेस में इस चेहरे को आप लोग पहचान रहे हैं आज कल का इतिहास है ये जो बदला है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक जो एक भारतीय हैं जिस ब्रिटेन ने 250 साल तक भारत पर हुकूमत किया आज वहाँ का प्रधानमंत्री एक भारतीय है एक भारतवासी है इसलिए हमें ही नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान को गर्व होगा ऐसे भारतीय राजनीतिज्ञ पर जो गाँव के छोटे मोटे राजनीतिज्ञ नहीं अभी तो ब्रिटेन जैसे महा विदेशों में जाकर अपने वर्चस्व को लहराया है खैर आज का टॉपिक मेरा रहने वाला है बैंक क्या है बैंक के कितने प्रकार हैं और बैंक का महत्व तो क्या है बैंक को कहते क्या हैं तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं बैंक क्या है बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं अखिलेश पांडे है सर हेलो भैया आचल शुक्ला गुड इवनिंग अभियान भैया चलिए आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है तो जो लोग अभी से जुड़े हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर अंत तक रहेंगे तो कुछ कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे आज का टॉपिक है बैंक जो आप एग्जाम से रिलेटेड या फिर कहीं भी जाते हैं तो बैंक में ये पूछा ही जाता है यशु शुक्ला गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं वित्तीय संस्था वित्तीय का अर्थ वित्तीय का तात्पर्य वह होता है जहां पे आप पैसे से रिलेटेड कार्यक्रम को करते हैं पैसे से रिलेटेड कार्य को करते हैं वहाँ पर वित्तीय कार्य कहलाता है आप लोग बताइए इस समय वित्तीय मंत्री कौन है अपने देश का वित्तीय मंत्री कौन है चलिए टॉपिक पे आते हैं आंचल मोटिवेशनल है। हेलो आचल। बैंक निर्मला सीतारमन बहुत सही बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता है लोग अपनी अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने के हेतु इन संस्थाओं में धनराशि जमा करते हैं और आवश्यकता आवश्यकतानुसार समय समय पर निकालते हैं बैंक उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे हम लोगों के पास जो पैसा जमा होता है उस पैसे को खर्च ना कर दूं, कोई फालतू काम में ना लगा दूं, इसलिए हम लोग बैंक में एक अकाउंट एक खुलवाते हैं जिसको सेविंग अकाउंट कहते हैं अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं कॉमर्स, स्टूडेंट अभियान आपको पता होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट जो उस पैसे को जमा करते हैं और अपने आवश्यकता अनुसार उस पैसे को निकालते हैं और अगर पैसे को बैंक में जमा कर दें तो बैंक डेढ़ परसेंट दो परसेंट या एक परसेंट आपको ब्याज के रूप में देती है पैसा ज़्यादा रहेगा तो ब्याज समझ में आता है आइए आप जानते हैं बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं बैंक को तो जो कहते हैं कहते हैं लेकिन हिंदी नाम क्या है और हिंदी का अर्थ क्या है मेरा उद्देश्य है इंग्लिश में काफ़ी टीचर्स यहाँ पे पढ़ा चुके हैं बैंक के बारे में और हिंदी में भी होगा लेकिन मैं शुद्ध हिंदी में बस इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदी जानना जरूरी है सेविंग करेंट और फिक्स्ड डिपॉजिट और भी हैं नाम नहीं जानता ठीक है इतना जानते हो ना सबसे ज़्यादा यूज होने वाला अकाउंट केवल दो ही होता है सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट नॉर्मल लोग सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं वो सेविंग अकाउंट होता है फिक्स्ड डिपॉजिट तो वहाँ पे होता है जैसे हम लोग कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिए कि महीने का मान लिए दस हजार रुपये जमा करना है तो फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया कि हर महीने इतने तारीख को इतना पैसा जमा करना ही है बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं हाँ बिजनेस उसे करेंट अकाउंट कहते हैं करेंट अकाउंट वाला तुरंत लेन देन का संभावना रहता है और उसमें जो है आप सेविंग अकाउंट में एक लाख से ऊपर नहीं ले सकते और उसमें दस लाख तक आप ले सकते हो बैंक को हिंदी में अधिकोष कहते हैं अधिकोष अधिकोष शब्द इंग्लिश के धनंजय पांडे तीन प्रकार कौन कौन से शब्द का ही एक हिंदी अनुवाद है जिसमें त्रयशरीक का मतलब खजाना होता है अधिकोश का मतलब खजाना होता है खजाना से याद आया 9 अगस्त सन 1925 सौ ईस्वी में काकोरी कांड इतिहास का सबसे बड़ा लूट हुआ था उस दिन पूरी सरकारी ट्रेनों को लूट लिया गया था जितना भी अधिकोश था उसमें धन था और इसको अंजाम देने वाले शहीद भगत सिंह शहीद चंद्रशेखर आजाद रामप्रसाद प्रसाद बिस्मिल और भी अनेक क्रांतिकारी थे किनारा वो जो बैंक का मतलब किनारा होता है भाई वो दूसरा होता है और जो बैंक होता है इस बैंक का हिंदी अधिकोश होता है कॉमर्शियल में बैंक का अर्थ अधिकोश होता है और नॉर्मल भाषा में किनारा होता है खजाना शब्द अक्सर किसी स्थान पर सुरक्षित रूप से रखी धनराशि के लिए इस्तेमाल किया जाता है अधिकोश में भी कोष का मतलब उस जगह से ही है जहां धनराशि रखी जाती है और अधि का अर्थ यहां पर अतिरिक्त से है जो कि बैंक के कार्य को यहां पर दर्शाता है अधिकार्थ अतिरिक्त से है जो बैंक के कार्य को दर्शाता है अधिकोष वह खजाना है वह कोष है जहां पे धन को सुरक्षित रूप में रखा जाता है लॉकर के साथ अधिकोष के आधार पर बैंक की परिभाषा अधिकोष के आधार पर यानी बैंकिंग लाइन में कॉमर्शियल लाइन में अधिकोष की परिभाषा क्या होगी अधिकोष पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट अच्छा हाँ यह भी अकाउंट होते हैं लेकिन ये फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं बैंकिंग अकाउंट दूसरा होता है वो बैंकिंग अकाउंट जैसे सेविंग अकाउंट हुआ करंट अकाउंट हुआ और ये जो होते हैं ये फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं पर्सनल नॉमिनल और रियल अकाउंट पर्सनल को हिंदी में व्यक्तिगत कहते हैं नॉमिनल को वास्तविक खाता कहते हैं और रियल को सॉरी रियल को वास्तविक खाता कहते हैं और नॉमिनल को नाम का खाता कहते हैं इस पर भी आगे चल डिस्कशन करूँगा हाँ ये ledger अकाउंट बनाने का मत है वही बोल रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या माता ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये अकाउंट है आइए जानते हैं अधिकोष के आधार पर बैंक की परिभाषा अधिकोष यानी बैंक एक ऐसी संस्था यानी जगह है बैंक एक ऐसी संस्था यानी जगह है जहाँ जनता अपना धन जमा करती है सुरक्षा और अतिरिक्त धनराशि ब्याज के रूप में कमाने की दृष्टि से इसके अतिरिक्त बैंक ऋण प्रदान करने सोने इत्यादि को सुरक्षित रखने और अन्य कार्य भी करते हैं अधिघोष यानी एक ऐसी संस्था जगह है जहां पे धनराशि जमा होती है उसका ब्याज दर हमें मिलता है अपने सामान को सोना चांदी इत्यादि जो भी आपकी कीमती सामान है उसको एक बैंक में एक सही स्थान पर लॉकर के रूप में आप उस जगह को खरीद सकते हो और अपनी सुरक्षित चीज़ें वहां पे रख सकते हो बैंकों को किसी भी देश की शाखा का सृजनकर्ता भी कहा जाता है जो कि देश की बिखरी हुई संपत्ति को सृजन करने और उसे देश हित में कार्य में लगाने का कार्य करती है यह किसी देश की अर्थव्यवस्था और प्रगति में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है आप सब जो बैंक में पैसे जमा करते हो मान लो यहाँ पे भी 10000, 20000, 25000 जमा होता है जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो उद्योगपति होते हैं वो अपने काफ़ी पैसे बैंक में जमा करते हैं तो क्या बैंक उस पैसे को वहां पे रखी रहती है उस पैसे को मार्केट में लाती है और उस पैसे से ही पैसे बनाती है हम लोग ट्वेल्थ में थे तो हमारे एक सर थे रजनी सर उन्होंने एक बताया था मनी बिगेट्स मनी धन से धन कमाया जाता है जो पैसा होता है जो आप लोग वहाँ पे जमा करते हो तो बैंक अपने पास नहीं रखती वो पैसे को मार्केट में लाती है शेयर मार्केट में लाती है डिडेंड करती है इत्यादि भी करती है हाँ धनंजय सही नहीं हो रहा है यार मैंने सुबह इस पे काम कर रहा था लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला ऑन द स्पार्ट पता नहीं कहाँ से ये प्रचार आ जाता है एक दिन लग रहा है कंपनी से डायरेक्ट बात करनी होगी कि इसका पैसा दो प्रचार करवा रहे हो तो चलिए बैंकों को इतिहास राज्यकाल से ही चला आ रहा है इतिहास में राज्य काल से ही चला आ रहा है हा धरंजी नहीं ठीक हो रहा है यार प्रचार मैंने इस पर सुबह काम भी कर रहा था जब पता चले ना ये जड़ कहां से है ये उत्पन्न कहां से हो रहा है इसका निर्माण कहां से हो रहा है तब इस पर कार्य करूं जो पहले पहले महाराजा होते थे वो राजकोष बना के रखते थे और राजकोष बनाना कोई बुरी बात नहीं है ये बैंक आज का नहीं है ये काफ़ी पुराना है और काफ़ी पुराने जमाने से ही इस बैंक का अर्थ अधिकोष अधिकोष से आप लोग साफ समझ रहे हैं जहाँ पे कोष जमा होता है अधि, अधिक अधिक जहाँ पे अधिक कोष अधिक दूरी अधिक पैसा जमा होता है वहाँ पर अधिकोश कहा जाता है और उस पैसे को कोई अपने पर्सनली यूज में नहीं लेता वो गवर्नमेंट किसी ना किसी कार्य में लगाती है और फिर वापस हमें ही देती है जिसमें राजा अपने राज्य की संपत्ति को सहज कर रखने के लिए राजकोष ये गेम खेलने का मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ आवश्यकतानुसार राज्य के निर्माण और हित में उन्हें खर्च करते हैं इसी प्रकार राज्य कोष और कोषगार से अधिक का निर्माण हुआ जो मात्र कर के अलावा भी राज्य की जनता के पैसों को सुरक्षित रखने का कार्य और जनता को ऋण देने का कार्य करता है आप लोग कभी बैंक में गए होंगे मान आमतौर पर किसानों को उतनी जल्दी लोन नहीं मिलता जितना जल्दी एक बिजनेस वाले को लोन मिलता है तो जो आप ऋण लेते हो वो जो पैसा जमा किए रहते हैं वही आपको ऋण देते हैं कोई जमा करके आ रहा है किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास है नहीं बैंक का इतिहास आइए जानते हैं बैंक भारत में कब आया और इसका निर्माण कौन किया मुकेश तिवारी है सर हेलो भाई सन 1911 में स्थापित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था यानी कॉमर्शियल बैंक था जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथ में था बैंक के संस्थापक सर सोराबजी ओझ खाना वाला ने इस बैंक की स्थापना करते हुए अपने स्वप्न को साकार किया 1911 में जैसा कि आप लोगों को पता होगा उस समय भारत गुलामी की अवस्था में था और उस समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण होना कॉमर्शियल बैंक का निर्माण होना वो भी एक भारतीय और पूरी तरीके से इसका जो स्वामित्व है इस पर जो अधिकार है वो भारत का होना ये वास्तव में सर सोलह बजी एक स्वप्न साकार हुआ था सही अर्थों में स्वदेशी बैंक के पहले अध्यक्ष सर फिरोज शाह मेहता थे वास्तव में सर सोराबजी बजी वाला इस बैंक की स्थापना से इतने गौरवान्वित हुए कि उन्होंने सेंट्रल बैंक को राष्ट्र की संपत्ति और देश की संपदा घोषित कर दिया निर्माण करता ये थे लेकिन बैंक को सरकारी बैंक घोषित करके इसका पूरा अधिकार एक गवर्नमेंट को दे दिया जो सेंट्रल ऑफ इंडिया आज भी गवर्नमेंट बैंक है उन्होंने यह भी कहा कि सेंट्रल बैंक जनता के विश्वास पर टिका है और यह जनता का अपना बैंक है किसका किसका खाता खुला है अकाउंट किसका किसका है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पिछले 109 वर्षों के इतिहास में बैंक ने कई उतार चढ़ाव देखे और अनगिनत चुनौतियों का सामना किया ऑल फ्रेंड्स गुड इवनिंग धरंजे आए कभी के हो गुड इवनिंग अभी चलिए ठीक है जब जागो तभी अंधेरा कि सवेरा चलो पिछले 109 वर्षों के इतिहास में बैंक ने कई उतार चढ़ाव देखे और अनगिनत चुनौतियों का सामना किया बैंक ने यह क्लास डिस्टर्ब कर रहा है वाइस टोन बेस्ट है भाई वाइस बेस्ट है लेकिन ये जो है डिस्टर्ब कर रहा है ना आप लोग भी डिस्टर्ब होते हो इससे बैंक ने प्रत्येक आशंका को सफलतापूर्वक व्यावसायिक अवसर में बदल दिया और बैंकिंग उद्योग करके अपने समकक्षों में उत्कृष्ट रहा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कई अभिनव और अनुपम बैंकिंग गतिविधियों का शुरा शुभारम्भ किया और ऐसी ही कुछ सेवाओं को संपत्ति विवरण निम्नानुसार है अब आइए जानते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कुछ अपने नियम थे और अपने कानून जो उन्होंने बनाए थे वो क्या था उन्नीस ईस्वी में समाज के सभी वर्गों में बचत किफायत की आदत डालने के लिए घरेलू बचत सुरक्षित जमा योजना का प्रारंभ जो जमा राशि होती है उसका प्रारंभ 1921 ईस्वी में एसबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ही किया था 1924 में बैंक की महिला ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए विशिष्ट महिला विभाग की स्थापना एक महिला ग्राहक जो होती है उसके लिए एक महिला विभाग की संपूर्णतः एक सफल प्रयास 1924 में हुआ उन्नीस में सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा और रुपया यात्रा चेक सबेरा अच्छा ठीक है 1924 में बैंक महिलाओं को जो है एक विशिष्ट महिला विभाग की स्थापना हुई उन्नीस में सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा और रुपयात्रा चेक का निर्माण हुआ उन्नीस में निष्पादक एवं न्यासी विभाग की स्थापना 1932 में जमा राशि बीमा सुविधा योजना उन्नीस में आवर्ती जमा योजना तत्पश्चात वर्ष उन्नीस में बैंक का राष्ट्रीयकरण होने के बाद होने के बाद भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न अभिनव बैंकिंग सेवाएं आरंभ करना जारी रखा 1976 में मर्चेंट बैंकिंग कक्ष की स्थापना उन्नीस ईस्वी में बैंक के क्रेडिट कार्ड सेंट्रल कार्ड का प्रारंभ 1986 ईस्वी में प्लेटिनम जुबली मनी बैंक जमा योजना उन्नीस ईस्वी में आवासीय सहायक कंट्रोल सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड का शुभारंभ उन्नीस सौ चौरानबे ईस्वी में बाहरी चेकों की शीघ्र वसूली के लिए त्वरित चेक वसूली सेवा क्यू तथा तत्काल सेवा आरंभ की गई देखिए मैं जो भी आज टॉपिक लाया हूँ बहुत ही सोच समझ के बहुत ही क्रिएटिव टॉपिक लाया हूँ बहुत ही यूनिक टॉपिक लाया हूँ आप सबको यूट्यूब पे बहुत ही कम देखने को मिलेगा बैंकों का इतिहास किस प्रकार प्रारंभ हुआ कहाँ से प्रारंभ हुआ एकदम शुरू से मैं बैंक की एक नॉर्मल बेसिक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद भी यह करता हूँ कि आप सभी को यह क्लास आज की बेस्ट क्लास लग रही होगी साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप कृषि तथा लघु उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्र के साथ साथ मध्यम एवं बड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करने में सेंट्रल बैंक लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है आज भी एसबीआई जिस प्रकार कार्य कर रहा है वो सराहनीय कार्य है शिक्षित युवाओं ने रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ने कई स्वरोजगार योजना आरंभ की है सार्वजनिक क्षेत्र की में बैंकों में से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को वास्तविक अर्थों में अखिल भारतीय बैंक कहा जा सकता है क्योंकि सभी २९ राज्यों में और ९ में से सात केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी शाखाओं का विस्तृत नेटवर्क है देश के एक छोर से दूसरे छोर तक स्थित अपनी चार हजार शाखाओं याद करना ये टॉपिक एसबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टोटल कितनी शाखाएँ हैं चार एक विस्तृत पटल एवं 10 सेटेलाइट शाखाओं और कितनी सेटेलाइट शाखाएँ हैं 10 सेटेलाइट शाखाओं के विस्तृत नेटवर्क के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सेंट्रल बैंक का एक अपना विशिष्ट स्थान है बात समझ में आ रही है ज्यादा फास्ट बोल रहा हूं क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वहां पे दो पॉइंट कॉमन थी नोट करने लायक थी अगर आप सब नोट्स लेकर बैठे हैं तो नोट्स कर लीजिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टोटल कितनी शाखाएँ थीं चार हज़ार पाँच सौ चौरानवे शाखाएँ एक विस्तार पटल एवं दस सैटेलाइट शाखाओं के विस्तृत नेटवर्क के कारण एस आज प्रसिद्ध बैंक बना हुआ है और आरबीआई का बड़ा बेटा एस ही कहलाता है आरबीआई के बाद अगर पूरे भारत में सबसे बड़ा बैंक कोई है तो वो यस ही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की विस्तृत सेवाओं के प्रति ग्राहकों के विश्वास का अनुमान आई सी आई सी आई जैसे कॉर्पोरेट ग्राहकों की अच्छा धनंजय भाई कारपोरेट ग्राहकों की सूची और देश के प्रमुख कॉर्पोरेट घरानों में लगाया जा सकता है जो बैंक के ग्राहक हैं अब आइए बात, बात करते हैं भारत में कुल कितने बैंक हैं <laughs> अच्छा धनंजय पाँच मिनट में पाँच खबर फटाफट चलिए खैर इतना फटाफट नहीं बोलूँगा आराम से बोलूँगा क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ बोलूँगा तो आप सबको दिक्कत हो सकती है और पीडीएफ मौजूद है और कल से क्लास में एक बड़ी खुशखबरी आप सबों के लिए जो भी क्लास यहाँ पे ज्वाइन करता है डिप्सन में एक लिंक मिलेगा आप सभी को इक्कीस प्राइवेट और बारह सरकारी ओके okay. अभी मैं इस पे डिस्कशन करूंगा और आपका सही जवाब है इस जो भी क्लास चलेगा उसका एक शॉर्ट नोट तैयार होगा एक ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन तैयार होगा और इससे प्रॉफिट ये होगा मैंने भी सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए इससे आप सभी का प्रॉफिट ये होगा कि जो भी आप लोग पढ़े हो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन रहेंगे एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन रहेंगे बस आप लोगों को उस पे जाके क्लिक करना है और जो भी आपका डाटा मांगेगा आपका नाम पूछेगा आप अपना नाम बताएंगे और उस दस से पंद्रह क्वेश्चन रहेंगे वो उसको फटाफट करेंगे और उसका रिजल्ट आपको उसी समय शो करा दिया जाएगा अर्पित मिश्रा हर्षित सर हेलो सर बड़े दिन बाद दर्शन दिए हो आप बढ़िया रहेगा सर हाँ अभियान और कुछ दिन बाद इससे भी ज्यादा जो है मैं सुविधा देने का प्रयास करूंगा जो सर्टिफिकेट के साथ रहेगा एक अपना सर्टिफिकेट रहेगा गवर्नमेंट्स नहीं है तो क्या हुआ सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट होता है तो कल से यह नियम निकलेगा आप लोग क्लास खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा उस पर जाके क्लिक करेंगे अपना नाम देंगे और क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और जिसका भी बेस्ट आंसर रहेगा इसक्रीन शॉट ले लिया जाएगा और दूसरे दिन के क्लास में उसको सम्मान सहित उसका नाम लिया जाएगा और सम्मान रूप में उसको सम्मान ही दिया जाएगा खैर पैसा रुपया नहीं दिया जाएगा इससे बच्चे बिगड़ जाते हैं खैर हमारे मन में भी कभी ना कभी यह सवाल जरूर आता है कि भारत में कुल कितने बैंक हैं इसलिए आज के इस लेख में हम जानेंगे कि भारत में कुल कितने बैंक हैं और उनके नाम क्या हैं बैंक कितने प्रकार के होते हैं अभियान ये बताओ धनंजय जो भी जानता हो हर्षित और किसी का कमेंट नहीं आया तो देखते हैं कौन कौन जुड़ा है सभी ये बताइए कि बैंक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं अभियान ने इसका जवाब कुछ समय पहले दिया था उसके बाद अगर कोई जवाब दे सकता है तो दो भारत में कुल कितने बैंक हैं वैसे बैंक कई प्रकार के होते हैं जैसे वाणिज्यिक बैंक लघु बैंक भुगतान बैंक और सहकारी बैंक आदि भारत में कुल बैंक एक पब्लिक सेक्टर होता है और एक प्राइवेट बैंक को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहते हैं अच्छा पहला वाणिज्यिक बैंक कॉमर्शियल बैंक इसमें 116 सो होते हैं जिसमें 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं 20 निजी बैंक और तिरालीस तिरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और इकतालीस विदेशी बैंक मैं चाहूंगा कि आप लोग इस टॉपिक को नोट करके रखिएगा हो सकता है कल के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा सके वाणिज्य बैंक में टोटल कितने बैंक होते हैं यानी कि उनकी कितनी शाखाएं होती हैं और कहाँ कहाँ होती हैं दूसरा लघु वित्तीय बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो दस होते हैं तीसरा भुगतान बैंक जो छः होते हैं चौथा सहकारी बैंक कॉरपोरेटिव बैंक्स जो एट्टी फाइव होते हैं जिसमें बत्तीस राज्य सहकारी और तिरपन सहकारी शहरी सर सहकारी बैंक होते हैं अब आइए बात कर लेते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम इसका मुख्यालय कहा है और बैंक का नाम क्या है सार्वजनिक क्षेत्र पंजाब नेशनल बैंक ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय हाँ और एक बात अभी हाल ही में एक से दो महीने पहले कुछ बैंकों का विलय हुआ है तो इस टॉपिक में वो भी टॉपिक क्लियर होगा कि किस बैंक में कौन सा बैंक विलय हुआ है अगर आप सभी को इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे तो टॉपिक को नोट कर सकते हो पंजाब नेशनल बैंक जो विलय हुआ है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है इंडियन बैंक जिसमें विलय हुए हैं इलाहाबाद बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक विलय हुआ है इंडियन बैंक में जिसका मुख्यालय है चेन्नई भारतीय स्टेट बैंक जिस जो किसी बैंक में विलय नहीं हुआ है और उसका मुख्यालय मुंबई में है केनरा बैंक सिंडिकेट बैंक के साथ विलय केनरा बैंक को सिंडिकेट के साथ विलय किया गया है और इसका मुख्यालय बैंगलोर में है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो आंध्र बैंक और केनरा बैंक के साथ इसका विलय हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ विलय हुआ है और इसका मुख्यालय मुंबई में है इंडियन ओवरसीज बैंक जिसका विलय किसी भी बैंक में नहीं हुआ है और उसका मुख्यालय चेन्नई में है यूको बैंक जिसका भी विलय किसी बैंक में नहीं हुआ है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पूड़े में पंजाब एंड सिंध बैंक इसका मुख्यालय नई दिल्ली India, मुख्याल में, में।, India, मुख्याल में बैंक ऑफ इंडिया इसका मुख्यालय बम्बई में या मुंबई में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसका मुख्यालय भी मुंबई में बैंक ऑफ बड़ौदा इसका मुख्यालय भी गुजरात में हुआ अब आइए बात कर लेते हैं निजी क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों के नाम और मुख्यालय निजी क्षेत्र कौन कौन से बैंक होते हैं जो अपना बैंक खोल के बैठते हैं प्राइवेट बैंक जिसको बोलते हैं एक्सिस बैंक मुंबई महाराष्ट्र में कोटक महिंद्रा बैंक मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में आईसीआईसीआई बैंक वर्ड दरा जो गुजरात में है एचडीएफसी बैंक जो मुंबई महाराष्ट्र में बंधन बैंक जो कोलकाता पश्चिम बंगाल में सी ए सी बी बैंक जो त्रिसूर केरल में है सिटी यूनियन बैंक जो तंजावुर तमिलनाडु में है डीसीबी बैंक जो मुंबई महाराष्ट्र में है धनराशि धनलक्ष्मी बैंक जो त्रिशूर केरल में है फेडरल बैंक कोची केरल जिसका मुख्यालय केरल में है आई बैंक जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है आई एफसी फर्स्ट बैंक जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है इंडसइंड बैंक जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है हां धनजय लाइक और शेयर तो बनता है सही बात है कर्नाटक बैंक जो मंगलुरु कर्नाटक में है क्या है मुख्यालय करूर वैश्य बैंक जिसका मुख्यालय करूर तमिलनाडु में है नैनीताल बैंक जिसका मुख्यालय नैनीताल उत्तराखंड में है आरबीएल बैंक जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है साउथ इंडियन बैंक जिसका मुख्यालय त्रिसूर केरल में है तमिलनाडु मार्ग के टाइल बैंक जिसका मुख्यालय थुथुकुड़ी तमिलनाडु में है यस बैंक जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है अब आइए जान लेते हैं लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न भारत में कुल कितने बैंक हैं ये तभी टॉपिक क्लियर हुआ था और यहाँ भी वो टॉपिक क्लियर हुआ था और यहाँ पे जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले मैंने आज दो बैंकों का जो है उसमें कौन कौन से बैंक हैं ये बताया पहला सार्वजनिक और दूसरा निजी कल का टॉपिक रहेगा क्षेत्रीय बैंक कौन कौन से हैं विदेशी बैंक कौन कौन से हैं लघु वित्तीय बैंक जो 10 हैं उनका नाम क्या है भुगतान बैंक जो 6 हैं उसका नाम क्या है सहकारी बैंक जो पचासी है जिसमें बत्तीस राज्य सरकारी बैंक और 53 शहरी सहकारी बैंक उसका नाम क्या है तो कल का टॉपिक रहेगा अपना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और विदेशी बैंक उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो तीसरे दूसरे बैंक पर आएंगे लघु वित्तीय बैंक वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं अभियान ने शुरू शुरू में बता दिया था वर्तमान में भारत में बारह राष्ट्रीयकृत बैंक मौजूद हैं भारत में कितने प्राइवेट बैंक हैं सितंबर 2021 तक भारत में कुल 20 निजी बैंक हैं यानी 20 प्राइवेट बैंक हैं अब आइए जान लेते हैं बैंकों की स्थापना कौन सा सन में कौन सा बैंक की स्थापना हुई थी पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 ईस्वी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935 ईस्वी में इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 ईस्वी में देना बैंक उन्नीस ईस्वी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 1943 ईस्वी में यूको बैंक 1943 ईस्वी में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 1950 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया १९५५ सौ ईस्वी में आईसीआईसीआई बैंक उन्नीस सौ ईस्वी में एच बैंक उन्नीस सौ ईस्वी में आईडीबीआई बैंक उन्नीस सौ ईस्वी में एक्सिस बैंक २००७ हज़ार ईस्वी में सिंडिकेट बैंक उन्नीस सौ ईस्वी में विजया बैंक १९३१ सौ ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान सत्रह सौ सत्तर ईस्वी में इलाहाबाद बैंक अठारह सौ पैंसठ ईस्वी में अवध कॉमर्शियल बैंक अठारह सौ इक्यासी ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक अठारह सौ चौरानवे ईस्वी में केनरा बैंक उन्नीस सौ छः ईस्वी में बैंक ऑफ इंडिया उन्नीस सौ छः ईस्वी में कॉरपोरेशन बैंक उन्नीस ईस्वी में इंडियन बैंक उन्नीस ईस्वी में पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक 1908 ईस्वी में बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 ईस्वी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 ईस्वी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 ईस्वी में इम्पीरियल बैंक 1921 ईस्वी में आंध्रा बैंक उन्नीस ईस्वी में इन 28 बैंकों में आपके प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक दोनों बैंक शामिल हैं अच्छा ज्यादा पास हो तो वीडियो को फिर से रिमाइंड करके आप सब देख सकते हो अब आइए कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन ज्यादा नहीं है दस क्वेश्चन में लाया हूं अगर आप सभी को जवाब पता हो तो जवाब खैर रेड कलर का जो सिंबल आप लोगों को दिखेगा वो जवाब सही होगा लेकिन अगर सेकेंड क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा हो तो उसका जवाब आप पहले दे सकते हो मैं अंत में चेक कर दूंगा चलिए पहला क्वेश्चन भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं सत्ताईस उनतीस पच्चीस अन्य अभी सर्वे से कुछ मैसेज किया था मैसेज नहीं ध्यान दिया भैया तो भी मैसेज आता है मैं आपको रिप्लाई करता हूं सत्ताईस क्वेश्चन नंबर दो बैंक प्रदान करती है केंद्रीय सेवाएं प्रत्यक्ष सेवाएं वित्तीय सेवाएं या अन्य इसका सही जवाब होगा वित्तीय सेवाएं भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ अभी आप लोगों ने देखा था 1 अप्रैल 1935, 25 मार्च 1947, सौ सैतालीस सत्रह दिसंबर उन्नीस या अन्य 1 अप्रैल 1935 भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है नागपुर दिल्ली मुंबई भोपाल इसका सही जवाब मुंबई होगा आगे के टॉपिक में मैंने ये इस पार्ट को भी लिया था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ 2 सितंबर 1950, सौ मार्च 1947, 1 जनवरी उन्नीस और 26 जनवरी 1950 तो इसका सही जवाब एक जनवरी 1950 होगा भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है छह परसेंट सात पॉइंट सात पांच परसेंट सात परसेंट या पांच परसेंट इसका सही जवाब बी होगा भारतीय अच्छा सर्वे भैया का क्वेश्चन ये था भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ उन्नीस नवंबर दो हजार तेरह को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था एक अप्रैल उन्नीस सौ पैंतीस एक जनवरी उन्नीस सौ उनचास सत्रह दिसंबर उन्नीस सौ इक्यावन जुलाई 1 उन्नीस सौ को भारत का सबसे पहला बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तानी भारतीय स्टेट बैंक आंध्रा बैंक तो इसका सही जवाब होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुआ था ए 1805, बी 1915, सी 1770, सौ सत्तर डी सत्रह इसका सही जवाब सी होगा भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व व्यापार संगठन विश्व बैंक अंकटाइड विश्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है बैंक दर रिवर्स रेपो दर आयकर दर रेपो दर इसका सही जवाब होगा आयकर दर ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्यक लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं कार आर बी आई नाबार्ड विदेशी बैंक इसका सही जवाब होगा नाबार्ड तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं कल का टॉपिक पता है जो दो बैंक छूटे हैं उनके बैंकों का नाम नहीं लिया गया है वो कल की क्लास में लिया जाएगा और कल की क्लास में जो ये आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कराया गया है यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे तो कराया जाएगा प्लस आपको डिस्क्रिप्सन में एक लिंक मिलेगा आप सब जाके वहाँ से फॉर्म भर के और तैयारी अपनी और बेहतर कर सकते हैं तो चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं जय हिंद जय भारत